फैक्ट इन हिंदी आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि 10 करोड़ साल पहले भारत क्या था और भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा और भारत में एक ऐसा मेला भी है जिसको की अंतरिक्ष से देखा जा सकता है तो बात करते हैं फैक्ट नंबर थ्री की दोस्तों इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है फैक्ट नंबर टू भारत का नाम इंडिया, इंडिया इंडस यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है फैक्ट नंबर थ्री दोस्तों तो आपको शायद ही पता होगा की आज से करीब दस करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था यानी कि एक आईलैंड था